तेरे पास रह जाऊं मैं होशिया तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं अपनी या मुझे झे तेरा तुझे रहू तेरी सदा पसंद ना जाऊ मैं थोड़ी जगह दे दे मुझे और दूर कहीं कही नाम ना हूँ भी सहारा तेरे बिना मैं तू जो ना हो तो मैं भी नहीं देखो तुझे छे मुझको यकी अब से मैं जुदा होगी अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं बेला जो तू या मुझे